जब, जब ये देखो ये देखो वीडियो वीडियो बना जाओ देख लो नहीं घूमता उठाइए ये है विक्रम की दुल्हन मिलिए कोई है क्या नहीं बोली तो ये है नई नवेली दुल्हन विक्रम जी की आ चुकी है और थोड़ा सा घूंघट किए रहिए है हाँ, तो मैं अभी आप लोगों से मिलवाने जा रही हूँ इनको अरे पूरा दिखा देगी तो मैं कैसे दिखाऊंगी हाँ। तो आप लोगों को दुल्हन देखनी है चलिए भाभी हाथ तुम लगाए तो कैमरा तो घूम पाना बोले विक्रम को दुल्हन विक्रम की दुल्हन ये है क्योंकि घूंघटा आपका है न दिखा तो दीजिए थोड़ा सा ऐसे दिखा दीजिए नहीं, नहीं मिलवाए नहीं मिलेंगी सब बोलेंगे कि बताओ दुल्हन नहीं दिखाए बारात में गए भाभी भाभी गए बाबका दिला रहा दिखाया होती अच्छा चलो आ चले अच्छा चलो चल रहा है बाबू हाथ पाए मिलो दीदी और अब यहाँ पे दुल्हे जी तैयार हो रहे हैं अपने शादी में जाने के लिए जाहिर सी बात है तैयार तो होना बनता ही बनता है तो यही बड़ी वाली भाभी मेरी जेठानी है जिनको मैं बार बार आप लोगों को बता चुकी हूँ और ये मेरी नंद जी हैं जो दोनों लोग मिलकर इनको रेडी कर रहे हैं तो कुछ तरीके से रेडी हुई उनकी शेरवानी है जो पहना रही है कंचन यानी मेरी नंद तो ब्रॉज नहीं लग रहा था तो मनोज लगा रहे थे और इनकी शेरवानी काफ़ी खूबसूरत है ना मुझे भी तरफ पहली काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी और पीछे जो रूम है उसमें सब रेडी हो रहे हैं मैं तो रेडी हो चुकी थी बहुत पहले पीछे वर्षा है और कॉफ़ी पीते पीती मेडिटिंग कर रही हूँ और ये देखिए कुछ इस तरीके से रेडी हो गए हैं और जो रस्म होती है जो बुआ काजल लगाती है हमारे यहाँ सब के यहाँ लगाती होंगी तो बुआ काजल लगा रही हैं ये देखिए मतलब कंशन ने लगा दिया था बस बुआ हाथ से छू रही हैं रस्म पूरी करने के लिए ताकि आ, काजल इधर उधर फैले ना इस वजह से पंचन ने लगा दिया था और भाभी भी काजल लगवा रही हैं और अब यहाँ पर थोड़ा सा डांस हो रहा है जो बीहू वाला डांस होता है वो डांस हो रहा है सभी लोग डांस करेंगे एंजॉय कीजिए और देखिए बताइए दिन वाला डांस आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा तो चलिए वॉइस वगैरह मैं नहीं करूँगी जहाँ मुझे लगेगा वहाँ पर और ये जो रेड साड़ी पहनी है ये हैं अंजू यानी मेरी देवरानी जिन्होंने कमर में पहन रखा है तो ये भी डांस कर रही हैं आप एंजॉय करिए मुझे इस पर नहीं आता फिर भी मैं कोशिश करती हूँ करने की और ये है जेठानी देवरानी यानी कि डांस कर रही अब दुल्हे जी की बारी आ गई दूल्हे जी ने भी खूब इंजॉय किया डांस किया हम सब डांस कर रहे हैं और आप खुद में इंजॉय कीजिए Ahora <tose> यहाँ तक कौन सा टॉपिक चल रहा है कौन सा गाना बहुत समझने की कोशिश करती हूँ जब भी कर पाती हूँ और उतना नहीं बनता है कुछ लोगों का समझ में आ जाता बट इनका बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था मुझे धुन से तो मुझे नहीं समझ में आए इसलिए मैं रुक गई थी क्या करती सब समझ में ही नहीं आ रहा तो था फिर भी कोशिश की मैंने करने की तो यहाँ पर वो जो रस्म होती है दूल्हा जब विदा होता है घर से आ, करते हैं सारी चीज़ें तो वो हो रही हैं टीका वगैरह लग रहा तिलक लग रहा है और जो उन्हें करते हैं वो सारी चीज़ें हो रही हैं तो अब मैं सीधा बारात में मिलूंगी आप लोगों से क्योंकि यहाँ की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और वहाँ पे भी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी बारात का आधा हिस्सा आपको दूसरे ब्लॉक में देखने को मिलेगा डांस थोड़ा सा दिखा देंगे आप लोगों को तो चलिए एंजॉय कीजिए इस यहाँ पर देखिए खूब सारा हम लोग डांस कर रहे हैं मस्ती कर रहे हैं और अभी पूरा डांस बाकी है तो थोड़े अगले ब्लॉग में भी, भी आप <laughs> क्या यार अगले ब्लॉग में भी मैं आप लोगों के साथ डांस शेयर करूँगी और आधा जो डांस के बाद जो सारी चीज़ें हुई हैं जो हम वहाँ पर पहुँचे हैं खाना पीना जो हमारा हुआ है जो जयमाल हुआ है और दुल्हन की एंट्री ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेंगी अगर मैं चाहती भी नहीं तो बहुत ज़्यादा कट भी करती तो अभी मैं इसमें ऐड ना कर पाती इसी वजह से बस ये सारी चीजें हुई हैं और जो पीछे बैठे हुए हैं जो चाट खारी और इनके पीछे यानी के है, मेरी नंद के हैं नंद अभी आप इनसे नहीं मिले तो मैं चोरी से रिकॉर्डिंग कर रही हूं आपको दिखाने के लिए और ये है कंचन से आप तो मिल ही चुके हैं तो चलिए वीडियो का इंड यही करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा वेट करिएगा बहुत ही अच्छी है अपने यूट्यूब चैनल को तो प्रमोट कराने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे